मेरे भाई का ख्याल रखना तो पहली बार सुहागरा होना अच्छा जी जैसे हमने तो पता नहीं कितनी बार बनाई है <laughs> अच्छा तो भी भी पहली बारी है है ये ठीक चलें हुँ। है घूट उठाऊं क्या वो तुम्हें खुद नहीं उठा सकती ना वो उठाओ जो मुझे चाहिए समझ रहे हो आप <laughs> दूध नहीं पिलाऊंगी जो भी रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना तो, इजाजत तो हमने तो कभी बरायों को मना नहीं किया सकती तो, <laughs> अच्छा जी जैसे हमने तो बताया कितनी तो बार बनाई है गली वाली है। जजबात बदल दी दी दी। है, है, बदल बदल ज़िंदगी भैया, ये बहुत खोल दीजिए। समझ गई? बोल देता ये ये नहीं खराब कर दिया तुमने। सीधा देख हो गया कब तक लग जितना जल्दी हो सके हो तू पैसा लगे ना कर दिया देवर जी के कमरे में और अभी तो उनका ब्याह भी नहीं हुआ है। ना? तो